हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आया हूँ हाजी अली घूमने के लिए चलो मैं आप आज आप लोगों को हाजी अली दरगाह का जियारत करवाता हूँ अभी वहाँ चल रहा हूँ घूमने अभी यहाँ पे दरअसल काफ़ी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी खाली खाली रहा है आपको पीछे मेरे दिख रही हो दुकान वगैरह है यहाँ पर जब नॉर्मल टाइम में एकदम पूरा फुल रहता है लेकिन अभी एक काफ़ी खाली हो गया तो चलो अभी मैं उधर चल रहा हूँ अभी यहाँ लगभग हो रहा है यहाँ का टाइम साढ़े बजे रहे हैं धूप है काफ़ी लेकिन पाँच बजे वैसे नॉर्मली यहाँ बंद ही हो जाती है तो इसलिए मैं सोचा यहाँ को थोड़ा जल्दी चलता हूँ अभी यहाँ पे कुछ काफ़ी खाली खाली जय दिख रहे होगा मेरे पीछे आप लोगों को आदमी वगैरह तो अभी चल रहा हूँ मैं आप लोगों को दरगाह की जियारत करवाऊँगा अंदर ये पीछे ये है रास्ता वहाँ के जाने के लिए यहाँ से लगभग चार मीटर अंदर दरगाह पड़ता है अभी चलो तो यहाँ पर अभी पानी कुछ बढ़ गया है नहीं तो यहाँ पूरा ज़्यादातर खाली रहता है ये सब पूरा यहाँ पे खाली रहता है अभी यहाँ पे पानी बढ़ गया पूरा काफ़ी अच्छा नज़ारा हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर इस साइड में उधर जहाँ क्रेन देख रहे हैं उधर वो महालक्ष्मी मंदिर है पानी यहाँ पे काफी बढ़ गया है नहीं यहाँ पे वो जहाँ पे लहरे आ रही है उधर उधर जब वहाँ पे तक पूरा ये पत्थर खाली रहता है काफ़ी लेकिन अभी पानी यहाँ पे बढ़ गया है अच्छा है नज़ारा काफ़ी गजब है तो चलो अभी चलता हूँ आप लोगों को चलते हैं मैं जीारत करवाता हूँ दरगाह की यहाँ पे दरअसल ये नॉर्मली बारिश के टाइम में पूरा भर जाता है यहाँ पर आने का रास्ता नहीं रहता लेकिन अभी नॉर्मल टाइम में यहाँ पर अच्छा है ओपन रहता है दरअसल यहां पर दरगाह ये जो मनाई गई है 1431 में यहां पर ये यह दरगाह का निर्माण किया गया था इससे पहले यहां पर जो जो हाजी अली बाबा हैं ये तजाकिस्तान से हैं। यहां पर 1431 में आए थे तब यहां पर यह दरगाह का निर्माण करवाया गया था और 1960 में इसका दोबारा से यहाँ कंस्ट्रक्शन करवाया गया था तब से अभी ये ऐसा ही है यहाँ पर हाजी अली का पूरा नाम पीर सैद हाजी अली साहबाबा है आपको तो अभी चलो मैं अंदर से दरगाह कर पूरा दिखाता हूँ यहाँ पर कि कोरोना की को वजह से यहाँ पे काफ़ी खाली हो गया है नहीं यहाँ पूरा ये यह रास्ता पूरा फुल रहता है यहाँ पे आने जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है चलो अभी मैं अंदर का भी दिखाता हूँ आप लोगों को ये मैं गेट के पास पहुँच चुका हूँ यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर फोटो वाले भी खड़े हुए हैं यहाँ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं आप कभी भी आएँगे इधर फोटो तुरंत अर्जेंट में निकलवा सकते हैं यहाँ पर ठीक वगैरह ये यह यहाँ पे गेट है यहाँ पर फोटो लोग निकाल रहे हैं सब दर, यहाँ भी सब नहा रहे हैं उधर अभी मैं वहाँ पे वापसी में चलूँगा अभी चल रहा हूँ मैं दरगाह के अंदर चलो दरगाह के अंदर मैं दिखाता हूँ पूरा नज़ारा यहाँ से यहाँ पे ये यह देख सकते हैं आप इधर से पूरा रास्ता नज़ारा इधर का ऐसा है अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप है इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ये अंदर है क्या यहाँ पे है? के कहा ये यहाँ पे दरगाह है ये यहाँ पे है फवारा लेकिन अभी ये फवारा बंद है यहाँ पे चल नहीं रहा पता नहीं क्यों नहीं तो ये फवारा चलता रहता वैसे नॉर्मली अभी ये बंद है इधर इधर ये टोटी वगैरह लगी हुई है इधर आप देख सकते हो उस साइड में दरगा वाली हो रही है वहाँ पर इधर फोटो ले रहे हैं बंद उधर उस साइड में अभी दरगाह की धुलाई चल रही सफाई काम चल रहा अभी मैं चलता हूँ इस साइड में आप लोगों को कवाली भी दिखाता हूँ यहाँ पे पूरा क्या है दरगाह ये पूरा दरगाह भाई मेन मेन दरगाह उस साइड में अंदर में है अभी उधर मैं चल रहा हूँ वहाँ पे यहाँ पशु करने का है भाई साहब यहाँ पे ये यह मेन इधर मस्जिद है ये यह। यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ने की ये उस साइड में है दरगाह उधर ये इधर काफी ज्यादा यहाँ पे पानी भर चुका है आप देख सकते हैं इधर ये यह पहले यहाँ पे खाली रहता था लेकिन अभी इधर सब पानी भर गया यहाँ पे फुल रूप से पूरा अभी इधर फाइनली ओपन कर दिया भाई नहीं तो मैं तो डर रहा था इधर आने में ही क्योंकि ईद वाले दिन में आया थे इधर तो जाना लगा दिए थे पुलिस वाले एक सेकंड भी यहाँ तक आने नहीं दिए थे यहाँ से वापस कर देते हैं थे दिए थे नहीं मैं सोचा था यहाँ पे इधर ये वजू खाना है यहाँ पे वजू कर रहे हैं लोग यहाँ भी ये सब देख सकते हैं आप यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं ये यहाँ पे पूरा भाई आप देख सकते है इधर ये बना रहे है टिकटॉक वगैरह शॉर्ट्स वीडियो बना रहे है भाई साहब आप इधर देख सकते हैं इधर पूरा ये दरगाह है ये दरगाह समंदर के चार सौ मीटर अंदर है बीच में यहाँ पे टापू है छोटा सा उस पर ये बनाया गया है अभी यहाँ पे धूप है लेकिन नॉर्मली यहाँ पे पाँच बजे से बंद कर देते हैं इसलिए मैं यहाँ पे आया था नहीं मैं तो सोचा था यहाँ पे शाम के टाइम में आने मैं में शाम के टाइम में काफ़ी अच्छा नज़ारा रहता है यार लेकिन अभी तो यहाँ पर लहरें कुछ तेज़ आ रही हैं तो काफ़ी गजब का है अच्छा लग रहा है थैंकफुली यहाँ पे खोल दिया गया नहीं यार भाई मैं तो डर रहा था यहाँ कि आने नहीं देंगे। दे तो भाई ये लहरे यार इधर भाई अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ दरगाह के पीछे जस्ट आप मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ पे ये सबने में लगे हुए हैं फोटो भी खिंचवाने में लगे हुए हैं उधर सब फोटो है मस्ती कर रहे हवा काफी ठंडी है यहाँ पर तो आप देख सकते हाई इधर हा लेकिन मेरे साथ में कोई नहीं अभी मैं भीग जाऊंग इसलिए मैं नहीं जा रहा समंदर के पानी काफी खारा रहता है भाई नहाने के बाद में नॉर्मल पानी से नहाना जरूरी रहता है लेकिन मुझे तो कभी नहाया नहीं ऐसे भीगाया नहीं लेकिन यहाँ पर जो भी आता नॉर्मल नहा जरूर है आप देख सकते इधर अभी दरगाह की धुलाई हो रही है उधर इसलिए यहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर रुकता हूँ काफी अच्छा मौसम हो रहा भाई दरगाह के फर्स्ट फ्लोर पे इधर यहाँ पूरा खाली खाली से यहाँ पे नॉर्मली कोई आता नहीं जा रहा काफी गजब के यहाँ लग रहा है अच्छा है पूरा खाली है और इधर पीछे साइड में ऊपर से आप देख सकते यहाँ पूरा इधर ये समंदर का नजारा यहाँ दिख रहा है पहले काफी हाइट साइड आ रही है यहाँ पे काफी मुझे उठ है सब नहाने में लगे हुए हैं मेरा नहाने फुल मूड है यहाँ लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ अभी अकेला भी इसलिए यहाँ जा नहीं पा रहा हूँ एक दोस्त था मेरे अभी साथ में आया था ना क्योंकि आपको पता नहीं किधर वो तो घुम हो गया आपको नमाज वगैरह पढ़ी सकते हैं जो भी आता है नमाज पढ़ सकता है अभी घर पे है दुकान कुछ खाने पीने के सामान की दुकान है यहाँ पे तो पता नहीं किधर फवरा बंद किया है नहीं तो ये फवरा चालू रहता है नॉर्मली इधर अंदर कैंटीन सिर्फ ये हाजी अली टी शॉप के नाम से है इधर ये यहाँ पे जूता चप्पल उतारने का है यहाँ पे लेडीज जें साथ में आओ सब ये इधर लेडीजों का इधर इस साइड में सिर्फ ये इधर से आप लोगों के यहाँ गेट से भी दिख रहा होगा इधर का ये पूरा रास्ता अभी थी, अभी यहाँ पानी कम हो गया देखो अभी मैं था इधर तो बढ़ा था अभी पानी डाउन हो रहा है इधर का धीरे धीरे पानी डाउन हो रहा है इधर में अभी पानी डाउन होने लगा है समंदर का इधर अभी देख रहे थे भी उधर पानी बढ़ रहा था लेकिन अभी तक तो यहाँ तक तो भरा था ये सब पूरा लेकिन अभी ये खाली होने लगा है डाउन होने लगा है मैं पानी से भीग गया यार पूरी पॉइंट ये मेरी भीग गई है उसको खुजली सी हो रही पता नहीं कैसे ये लोग सब नहा रहे हैं पानी यहाँ से रहता है 80% जो रहते हैं समंदर के पानी में उसमें NaCl मतलब शुद्ध नमक जो होता है उसको 80% NaCl एन रहता है बाकी 10% रहता है उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl और बाकी 10% में और अदर सभी जो पानी में तत्व पाए जाते हैं वो रहते हैं अभी सब नहार हैं इसको तो कुछ भी और यार इधर पता नहीं कैसे नहार सब। ये सब इधर ये पत्थर है यहाँ तक भी पानी आ रहा था वापस देखो इधर भीगा हुआ है लेकिन अभी पानी इधर नहीं आ रहा पानी अब डाउन होने लगा है वो 24 घंटे में जैसे एक बार हाई टाइड आता है ना दो बार आते तो बढ़ रहा था अभी पानी अभी पानी धीरे धीरे डाउन होने लगा है उस साइड का भी डाउन होने लगा अभी इधर पूरा काफ़ी कुछ डाउन और ये यहाँ पे अभी सब आदमी आ रहे हैं अभी यहाँ पर ओपन हो चुका है धीरे धीरे पहले बंद था इसलिए यहाँ पर आदमी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्योंकि तो काफ़ी दिन से यहाँ पर बंदी लगी हुई थी इसलिए यहाँ पर अब बढ़ रही है यहाँ पे आबादी बढ़ रही है आने वालों की टूरिस्ट यहाँ पे बढ़ रहे हैं आने के लिए वैसे वीडियो भाई पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए अभी देखो मैं यहाँ पे आया था अभी आते समय यहाँ तक पानी भरा हुआ था पूरा फुल लेकिन अभी पानी डाउन होने लगा है यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है इस साइड में भी देख सकते हो आप इस साइड में भी काफ़ी डाउन हो गया यहाँ पर अभी आते समय यहाँ तक पानी भरा हुआ था फुल लेकिन अभी डाउन हो गया है धीरे धीरे अब डाउन हो रहा है डाउन होते होते वो पूरा जो उधर का है ना वो सब खाली हो जाएगा। कितना खाली हो गया अभी वहाँ पे मैं देखा था तो काफ़ी कम दिख रहा था तो अभी धीरे धीरे पूरा दिखना स्टार्ट कर दिया शाम तक वो काफ़ी ज़्यादा और डाउन हो जाएगा शाम के समय तक सुबह में थोड़ा टाइड यहाँ पर ज़्यादा तेज रहती है जो चौबीस घंटे में दो बार आती है ना तो टाइड ये भाई यहाँ पर बन रहा है ये ब्रिज ये साइड साइड में ये बनकर कम्प्लीट हो जाएगा जब भी ना तो काफ़ी गजब का नज़ारा होगा जैसे यहाँ पर उधर मरीन लाइन में रहता है ऐसा ही रास्ता यहाँ पर हो जाएगा ये तो पूरा साइड साइड में यहाँ पर पूरा साइड साइड में पूरा जो पत्थर रहता है यहाँ काफ़ी अच्छा नज़ारा जैसे मरीन लाइन नरीमन पॉइंट का नज़ारा रहता है के समय वो हो जाएगा में ये है, है मस्जिद यहाँ पे काफी है गजब है मस्जिद अंदर का इसके पहले मैं जब आया था गया था यहाँ पे साइड में है, पुलिस चौकी हुई था ये मेरे पीछे आप लोगों अभी दिख रही है मैं अभी आ चुका हूँ रोड पर ऊपर ये पीछे आप लोग मेरे हाईवे दिख रहा हुआ यहाँ पे अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से चलूंगा हो सकता है मरीन ड्राइव मरीम पॉइंट हो सके तो वहाँ पे चलेंगे घूमने इन्जॉय करो इसी तरह मैं तो जो टूरिस्ट प्लेस है अच्छे अच्छे मुंबई में अदर ऑल इंडिया अभी मैं पूरा ट्रेवल करने वाला हूँ अच्छी अच्छी जगहों को वीडियो लाता रहूँगा तो चलिए मैं अभी ये वीडियो यहीं तक एंड करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार भाई थैंक्स